हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज टूडे टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच तो दिस इज़ आर न्यू टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सो वी विल डिस्कस अबाउट वॉट आर द पार्ट ऑफ स्पीच एंड विच पार्ट्स ऑफ स्पीच केम अंडर दिस टॉपिक ओके तो ये हम पढ़ेंगे इसमें आज तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट वॉट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच ठीक है विदाउट स्पीच विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच वी कांट मेक अ सेंटेंस हम कैसे एक सेंटेंस बनाएंगे विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच के और स्पीच क्या होती है जो भी हम कुछ बोल रहे हैं दैट इज द स्पीच तो उस स्पीच को बोलने के लिए कुछ वर्ड्स जो है अरेंज किए गए हैं सेंटेंसेज में तभी ही जैसे मैंने आपको टेंस uh, पढ़ाया था तो उसमें पहले सब्जेक्ट अरेंज आता है फिर हेल्पिंग भी आ रहा है फिर व भी आ रहा है फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है तो ये सब क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो आपके अलग अलग जगह ज्वाइन किए गए हैं और तभी आपका एक सेंटेंस बनता है तो स्पीच के लिए आपको कुछ वर्ड चाहिए जो पर्टिकुलर तरीके से फंक्शन करते हैं उनका ग्रामेटिकल फंक्शन क्या है अकॉर्डिंग मीनिंग उनका फंक्शन क्या है वो सब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं इनके अंदर जो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग क्या होता है कि किस तरह से एक जो ये क्या इंडिकेट करता है कि कैसे एक जो वर्ड है वो फंक्शन कर रहा है मीनिंग किसी सेंटेंस में उसके मीनिंग में कैसे फंक्शन कर रहा है एज वेल एज ग्रामेटिकल उसका ग्रामेटिकल क्या रोल है उस फंक्शन में किसी भी सेंटेंस के अंदर उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं जैसे वो अगर ही लिखा है तो दैट इज द सब्जेक्ट वो आपका प्रोनाउन है उसका क्या फंक्शन है वहां पर एज अ सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है वो उसके बाद आपका ग्रामेटिकली उसका क्या है वो प्रोनाउन है ठीक है वो सेंटेंस के शुरू में लगा हुआ है तो दैट इज द सब्जेक्ट अब उसके बाद आपका ही uh, वर्स बॉय तो अब बॉय जो है that is द noun आपका common noun न आ जाता है ये आगे हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे तो without parts of speech we can't frame a sentence हम sentence कैसे बनाएंगे parts of speech में आप जब देखेंगे कि parts of speech के अंदर different different types के topics हैं और without उन topics के हम कोई भी sentence को properly frame नहीं कर सकते हैं तो ठीक है तो इसलिए past, parts of speech जो है is must for speaking के लिए और for writing के लिए okay तो ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग होता है कि किस तरह से जो एक वर्ड है वो फंक्शन कर रहा है किस तरह से एक वर्ड जो है वो एक्ट कर रहा है किसी सेंटेंस में उसका क्या मतलब है वो ग्रामर के अकॉर्डिंग कैसे वो फंक्शन कर रहा है ये सब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर पढ़ेंगे ठीक है देर आर मेन जो है वो एट टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है लेकिन कई जगह पर आपको नाइन भी दिखेंगी तो हम नाइन ही डिस्कस करेंगे अगर कहीं नाइन है तो नाइन का भी आपको समझ आ जाएगा लेकिन एट पार्ट ऑफ स्पीच को ठीक है तो मैं यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच लिख रही हूं आप देख लेना की कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है जैसे सबसे फर्स्ट जो है दैट इज नाउन प्राउन आपका वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब, कंजंक्शन आपका प्रीपोज़िशन intersection article doctor minus these are the ये जो आपका आर्टिकल और डिटरमाइनर है ये बहुत सारी जगह पे आपके एट ही जो मेन जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एट है लेकिन कहीं कहीं आपका नाइन भी दिया गया है तो इसलिए हम नाइन ही डिस्कस करेंगे आर्टिकल और डिटरमाइनर ये सेम ही है डिटरमाइनर होता है कि उस चीज़ के आगे आप उसको जब इंडिकेट करते हैं प्रॉपर द लगा के अ लगा के एन लगा के दी ज्यादा डिटरमाइनर जिनको हम आर्टिकल्स भी कहते हैं वो जब पढ़ेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से इनका यूज आता है ठीक है तो ये आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच है एट उंड वन इज नाउन प्रनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्व कंजंक्शन प्रिपोजिशन इंटरजन एंड इज दर्टिकल सो वी विल डिस्कस वन बाई वन तो आज मैं एक ही डिस्कस करूंगी दैट इज द नाउन ओके तो ये आपका पार्ट ऑफ स्पीच है तो so, पहले हम एक को डिस्कस करेंगे नाउन को उसके बाद हम कल मैं जो है वो फर्स्ट आज नहीं कल मैं जो है वो फर्स्ट नाउन को डिस्कस करूंगी देन आप प्रेनाउन आ जाएगा देन वर्ब आ जाएगा देन uh, अब्जेक्टिव एडवर्फ कंजंक्शन प्रिपोजिशन इंटरजेंशन और आर्टिकल तो I hope you understand अंडरस्टैंड कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ पार्टस ऑफ स्पीच एंड वाई पार्ट ऑफ स्पीच इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ क्यों बिकॉज विदाउट पार्ट ऑफ स्पीच तो हम कुछ स्पीच दे ही नहीं पाएंगे विदाउट नाउन प्रनाउन वर्व ऑब्जेक्टिव हम कैसे बोलेंगे जैसे मैं ये काम कर रहा हूँ तो आई इज द प्रनाउन और काम कर रहा हूँ दैट इज द काम इज द वर्व तो आप आप इनके बिना ऐसा नहीं है कि हर सेंटेंस में आपके दे नो ही यूज होंगे नाइन ना आपके एक ही सेंटेंस में यूज हो सकता है किसी में आपके ये दो यूज हो ये दो यूज़ हो किसी में तीन यूज हो जाए किसी में चार चाहे जितने मर्जी हों लेकिन इनके बिना आप सेंटेंस फ्रेम नहीं कर सकते ठीक है तो क्या होगा बहुत डिफिकल्ट होगा इनके बिना आप कैसे सेंटेंस को फ्रेम करोगे विदाउट आप कुछ भी बोलेंगे आपको बीच में प्रोनाउन नाउन जे छोटी छोटी चीजें ये सब आपको मैंशन करना पड़ती है तो सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो तो कल हम डिस्कस करेंगे नाउन के बारे में सो गाइज थैंक यू ओके फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल